जो इंसान आपको ज्यादा पॉइंट आउट करता है वही इंसान आपको ज्यादा देर तक याद भी रखता है जो इंसान आपको ज्यादा पॉइंट आउट करता है वही इंसान आपको आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर लेता है और वही इंसान जो आपको पॉइंट आउट करता है वही इंसान बाजात आपके लिए आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है आपकी सबसे बड़ी इनर्जी होती है इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक्सप्लोरेशन के बारे में है नए चीज़ों को दरियाफ़्त कर लेना नए आइडियाज़ के बारे में जान लेना नए ख़यालात को जहन में लाना नए अफकार के बारे में जान लेना और अपने सोच को नए राहों पे गामजन करना यही इंसान की सबसे बड़ी एसेट होती है सबसे बड़ी असासा यही होती हैं लेकिन हमारा मसला यही बन जाता है हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं या हम कंफर्ट जोन में रेडी होते हैं तो जब भी इंसान कंफर्ट जोन में रहता है वही जगह जहां पे उसको सुकून ज्यादा मिलती है जहां वो खुश ज्यादा रहता है जहां उसको सहूलतें ज्यादा मैसर होती है वहां पे वो इंसान हीरो भी होता है उसके पास मटेरियलिस्टिक सब कुछ होता है उसके साथ सब कुछ होता है जब भी वो बोलता है तो अपने कंफर्ट जोन की वजह से बोलता है जब भी वो ख्यालात कायम करता है अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता है तो उसी कंफर्ट जोन की वजह से क्योंकि उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ होता है तो उसी की वजह से उसका सोच उसका ख्याल उसका आर्गूमेंट उसके आइडियाज उसी की वजह से बन लेते हैं और उसी के बाद उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जिसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही इंसान जिंदगी की असल हकीकत से पीछे चला जाता है क्योंकि ज़िंदगी का असल मकसद होता है स्ट्रगल करना और जब इंसान कंफर्ट जोन में रहता है तो वहाँ पे स्ट्रगल बड़ी मुश्किल से होती है यमन यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है इसके बरक्स जो इंसान स्ट्रगल करता है जो नए चीज़ों के बारे में जान लेता है जो नए आइडियाज़ के बारे में जान लेता है जो हमेशा इस क्यूरियासिटी में होता है कि मुझे कोई नई आइडिया मिले कोई नया फिक्र मिले कोई नया सोच मिले कोई नया सबक मिले वही इंसान अपने स्ट्रगल वाले माहौल से इंटरेक्ट करता है वहीं से वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है और उसी की वजह से उसकी सोच बन जाती है उसकी ख्यालात बन जाती हैं और उसका बिलीव बन जाता है और यही इंसान जो रियल में स्ट्रगल कर रहा होता है आखिर में जाके उसकी जिंदगी बहुत शानदार होती है क्योंकि एक्सपीरियंस इसी बंदे के साथ होती है नॉलेज इसी बंदे के साथ होती है और ये हर चीज के बारे में अपनी राय कायम कर सकता है